you must increase the hunger level the desperation level and you must get more focused ki um. hamare usoolon mein maafi sirf pehli galti ki hai jaan boojhkar paar ki gayi hadon ki nahi aur wo charo milkar sochte hain mujhe pichhad denge ab ye race gadhon ki ya gadon ki satut sa bless sa fait ऐ ऐ गू वाउ ग गाजो ऐ ऐ गू की वाउ साथू साब्लेस साफ़ ऐ ऐ ऐ गू वाउ ग गाजो ऐ ऐ नो सचमानो चौहान Nah, I don't like them anymore.